रतन टाटा जी रतन टाटा जी ने हमारे लिए 2008 में टाटा नैनो का लॉन्च किया था वह गाड़ी सी फोर सिर्फ मिडल क्लास फैमिली के लिए थी क्योंकि इस गाड़ी के प्राइस 1 लाख रुपए थी और वह गाड़ी है ए लेकिन इस गाड़ी का पूरी तरह से मार्केट में मजाक बना के रख दिया था सभी ने और यह गाड़ी सिर्फ और, और, और लाख रुपये में हम सभी को मिलती थी और अभी उस गाड़ी का मजाक उड़ा दिया था तो फिर टाटा नेनो पूरी तरह से फ्लॉक चली गई थी तो रतन टाटा जी ने फिर से साहस करके हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए टाटा नेनो 2.0 का लॉन्च 2023 में करने वाले हैं और यह उसी के साथ साथ यह गाड़ी पूरी इलेक्ट्रिक भी आने वाली है अभी देखते हैं कौन सी आएगी और आप सभी को क्या लगता है रतन टाटा जी का ये प्लान है जो दो, दो में आने वाला है टाटा नैनो टू पॉइंट वो सक्सेस हो पाएगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब